हेलो दोस्तों अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाली वीडियोस में हम इस पे विस्तार चर्चा करेंगे आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है नेटवर्क मार्केटिंग से आप अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं और इसके जरिए सफल भी हो सकते हैं नेटवर्व मार्किटिंग को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं जैसे एम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चेंज सिस्टम अत्यादि नेटवर्क मार्डिंग तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस है जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा दिया। कस्टमर ही उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसे अतिरिक्त आमदनी कमाने का मौका मिलता है अगर आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट को बेचते हैं तो इस नेटवर्क का हर एक मेंबर एक इंडिपेंडेंट से रिप्रेजेंटेटिव होता है बट नेटर मार्टिंग में जुड़ने वाले लोगों को जब भी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं जब उनके द्वारा नेटवर्क में जोड़ा गया कोई भी मेम्बर प्रोडक्ट डील करता है तो इस बिजनेस मॉडल में हर पार्टिसिपेंट को आई कहा जाता है जान के इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर आज भारत में कई लोकप्रिय नेटवर कंपनीज मौजूद हैं और हम निश्चित रूप में उनमें से किसी ना किसी एक के बारे में जरूर सुनना ही होगा जहाँ फिर किसी कर्मचारी से आपका जरूर सामना हुआ होगा आज एमबे फॉर एवर वेस्टिज और फ्रेम भारत में 95 में नेट की शुरुआत हुई थी जो कि बिजनेस इंडस्ट्री में आज के समय अपना पूरा प्रभाव पूरे तरीके से बना रखा है और जो भी महत्वपूर्ण टर्म है नेटवर्क मार्किंग से रिलेटेड कैसे स्टार्ट करें जैसे आपको आने वाली वीडियोस में हम लोग आपको समझाएंगे ये वीडियो आपको सिर्फ बेसिक जानकारी देता है नेटवर्क मार्टिंग के फायदे अनलिमिटेड इनकम कमाने कम का मौका आप नेटवर्क मार्डिंग में अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं बस ये है कि आपको वहाँ पे एक अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा आप अपने समय के हिसाब से काम कर सकते हैं बहुत कम लागत में आप अपना बिजनेस आरम्भ कर सकते हैं दूसरे बिजनेस के मुकाबले अगर आप नेटवर्क मार्किंग में देखते हो तो यहाँ पे आपकी बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है जिससे आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है और आगे आने वाले टाइम में आप यहाँ से बहुत अच्छी इनकम ले सकते हो नेटवर्क मार्किंग को आप पार्ट टाइम की तरह भी कर सकते हैं अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर आपका कोई घर का काम है तो आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस पर भी कर सकते हो नेटवर मार्टिंग के नुकसान स्किल की कमी यहाँ पर हमें लगता है कि ये नुकसान है बट यहाँ पर ये एक नुकसान की जगह फायदे ही है क्योंकि जब हमें स्किल की कमी होती है तो हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते बट यहाँ पे आपको एक कॉमन सी स्किल चाहिए होती है वो होती है कम्युनिकेशन जिससे आप लोगों को प्रभावित कर सकें शुरुआती दिनों में काम आई एम में लोग हमेशा बताते हैं कि यहाँ पे आप तुरंत सफल हो जाओगे बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे सफल होने के लिए कम से कम एक से दो साल का समय लग जाता है शुरुआती दिनों में आप यहाँ पे कम जहाँ बराबर कमा पाओगे लेकिन एक अच्छा नेट बनने के बाद आपकी इनकम में जे की तरह कमाई में बढ़ोतरी होती है इसके फायदे और नुकसान मैंने आपको बताए हैं बेसिक रूप में आने वाली वीडियो में हम इस पर डिटेल चर्चा करेंगे नेट मार्किंग आने वाले टाइम का एक बिजनेस है आज ये इंडस्ट्री 2.7 बिलियन की इंडस्ट्री है आने वाले दो साल के अंदर तीन साल के अंदर ये इंडस्ट्री 2025 तक चौंह करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है अगर आज आप इसमें मेहनत करना स्टार्ट करते हो तो आगे आने वाले टाइम में आप इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हो जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं आपको भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही करना पड़ता है बहुत लोगों की इस नेटवर्क के प्रति बहुत सारी नेगेटिव थाट्स हैं बट मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप इस इंडस्ट्री में इस बिजनेस में अच्छे तरीके से काम करते हो डेली काम करते हो तो आप यहाँ पर कामयाब हो सकते हो यहाँ पर कामयाबी का सिर्फ़ एक ही एक सोर्स है जिससे आप कामयाब हो सकते हो वो है कंसिस्टेंसी आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप यहाँ पे कंसिस्टेंट काम करते हो अगर आपको नेटवर्क मार्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कोई भी क्वारी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मैं उसका जरूर रिप्लाई करूँगा और आगे आने वाली वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें